स्वजनों और सुहृदय जनों आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विदीद आशीष पांडे लखनऊ से आप सभी के समक्ष दिनांक पांच अप्रैल 2019 का दैनिक राशिफल प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा राशिफल चंद्रमा के गोचर ंगल्य के यात्राया जन्म राशि यात्रा प्रधानमंत्र नाम राशि न चिंतन हमारा शास्त्र में ये कहता है कि जन्म की जन्म राशि की ही प्रधानता दी जानी चाहिए नाम राशि की चिंता मात्र भी नहीं करनी चाहिए और राशिफल के के साथ साथ हम अन्य दिनों के आप लोगों को पंचांग भी बताते हैं तो हमारे जो पंचांग पंचांग का मानक मानक समय रहेगा और लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ये पंचांग बनाया जाता है दर्शकों सारी प्रभावी गणनाएं लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके ही होगी दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहेंगे कि दिनांक उन्नीस बीस व इक्कीस तारीख को हम आपके शहर इंदौर और उज्जैन में आ रहे हैं तो यहाँ से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का हम विश्लेषण करें तो आपका स्वागत है आप लोग आइए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करा सकते हैं और ये सेवा जो है ये शुल्क के साथ रहेगी क्योंकि हम अपना कीमती समय आपको देंगे आप समय देंगे तो इसमें कोई आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा और आर्थिक रूप से जो लोग अच्छा है वो लोग भी आए उनके लिए भी कुछ विशेष रहेगा चलिए दर्शकों हम आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि जो हमारा ये विक्रम संबद्ध चल रहा है 2075 ये परसों के बाद यानी कि छह तारीख के बाद से दो हो जाएगा तो पंचांग क्या कहता है इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं तो शक संबद्ध 2075 और शक संबत्नीस 1940 चालीस विक्रम संबंध दो जो संवत्सर इस समय चल रहा है हम लोग संकल्प में जो लेते हैं नामक चल है। उत्तरायन चल रहा रहा है है बसंत ऋतु है चैत्र मास है कृष्ण पक्ष है और आज जो तिथि रहेगी अमावस्या रहेगी इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लगेगी और चौदह बजकर इक्कीस मिनट तक ही अमावस्या है तदउपरांत प्रतिपदा तिथि लग जाएगी दर्शकों आगे बातें हैं नक्षत्र तिथि वार नक्षत्र योग करण इनसे पंचांग नक्षत्र नक्षत्र योग रहेगा इसके उपरांत वृति योग रहेगा जो करण रहेगा देखिये शुभम जी जुड़ गए हैं राम राम जी तो करण रहेगा चतुष्पात इसके उपरांत नाग इसके उपरांत किस्तुधन करण लगेगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा चंद्रमा आज जो है मीन राशि में गोचर करेंगे और इसके साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि आज का जो सूर्योदय रहेगा और सूर्यास्त का जो समय रहेगा तो सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर ग्यारह मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर सैतीस मिनट पर और राहु काल की बात करते हैं क्योंकि जो ये राहु काल है ये लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया हमने आपको पहले बताया तो दस बजकर छियालीस मिनट से बारह बीस मिनट तक का जो समय रहेगा यह काल का रहेगा इस दौरान शुभ कार्यों को आप लोगों को नहीं करना है बचना है दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत आवश्यक हो जाए यात्रा करना तो कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि आप लोग मिश्री खा करके और दही खा करके तब यात्रा करिएगा अमृत काल की यदि हम बात करें विजीत की बात करें तो 11 कर 55 मिनट मिनट से 12 45 तक की जो रहेगा रहेगा और इस मुहूर्त में आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं गोचर ग्रहों की ओर स्थिति पर ध्यान दे लेते हैं कौन कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं तो देखिए सूर्य दर्शकों मीन राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्रमा के साथ और चंद्रमा भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल वृक्ष राशि में गोचर कर रहे हैं का जो गोचर है ये कुंभ राशि में है गुरु का जो है जो गोचर है ये धनु राशि में है शनि भी धनु राशि में केतु भी धनु राशि में है शुक्र कुंभ राशि में है राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो दर्शकों हमने आपको पहले भी बताया था कि अमावस्या तिथि और प्रतिपदा चुकी लग जाएगी तो आज कोशिश कीजिएगा आप लोग कद्दू का सेवन मत करिएगा ना ही इसका आज आप लोग दान करिएगा चूँकि प्रतिपदा तिथि के दिन कद्दू का सेवन और दान करना इन दोनों की मनाही है तो कृपया करके इसको आप लोग मत करिएगा और दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में नंबर नंबर दिया गया है उस पर आप लोग ट्राई करिए अपनी बर, टाइम और और प्लेस ये तीन चीज बताइए आपके प्रश्नों का हमारा पूरा जोर रहेगा कि हम आपको उत्तर दें तो चलिए दर्शकों राशिफल पर अब बढ़ते हैं कि क्या कहता है मेष राशि के लिए आज का दिन और कैसा रहेगा आज का दिन मेस राशि के जातकों के लिए तो राशि के जात को आज आज का दिन बना रहेगा तक आज आपके सभी कार्य अव्यवस्थित रहेंगे जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमें आज आपका मन नहीं लगेगा उसमें ढेर सारी उलझने आती हुई दिख रही है आर्थिक कमी रहने से मन में आज बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में आते हुए दिख रहे हैं इसके साथ साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि मेष राशि के जातकों आज ध्यान रहे कि धन लाभ तो आपको होगा लेकिन आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना है अपने रूखे व्यवहार से आज आपको बचना रहेगा और यदि हो सके तो महिला वर्ग की आज इज्जत कीजिए और जीवन साथी के साथ बात, भी बात मत करिए अगर बात भी बात भी करेंगे तो आपका ही नुकसान रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मेष राशि के जातकों शुक्रवार दिन रहेगा धर्मपत्नी को यदि कोशिश करें कि कोई ज्वेलरी आप गिफ्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है या चांदी से ही बनी हुई कोई चीज आप गिफ्ट करिए लेकिन आज आप गिफ्ट करिए और हो सके तो किसी बूढ़ी को आप कुछ मीठा जरूर खिलाई शुभ कलर की बात करें तो वाइट कलर आपके लिए एक शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छे आपका शुभ अंक रहेगा दर्शकों हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो वृषभ राशि के जात को नए काम काज की बड़े मामले आज आज आज आज इन आप लोग जो है अच्छे से बड़ों की दायरे लीजिए तब इन्वेस्ट करिएगा कोशिश कीजिएगा शेयर मार्केट से आज आप बचिएगा बिजनेस और नौकरी के खास काम निपटाने के लिए आज प्रभावशाली लोगों से आपकी मुलाकात संभव है आज मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा इसके साथ साथ जो हमारे वृषभ राशि के जातक हैं नए लोगों से मुलाकात होगी और ये मुलाकात आगे चल करकेशि के जातको आज आपको पारिवारिक प्रतिष्ठा का भी भरपूर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा संतान को लेकर के कोई समस्या आपके समक्ष आज खड़ी होती हुई नजर आएगी नौकरी पेशा जातकों को व्यवहार कुशलता का फल सम्मान के रूप में मिलेगा तो अतिरिक्त आय के भी आज योग बन रहे हैं उपाय क्या करना रहेगा वृषभ राशि के जातकों को आज कोशिश कीजिएगा प्रयास करिएगा कि भैरव मंदिर में आप लोग दूध का दान करिए और यदि हो सके तो किसी छोटे बच्चे को जो बहुत जरूरतमंद है उसको आप लोग दूध का दान जरूर करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो रेड कलर पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा एक फोन कॉल लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं हेलो हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी बोल रहे हैं जी चल रहा है लाइव चल रहा है हाँ जी, है? थी थी। हाँ जी ला है, है। मेरे बेटे का नाम आकर है जी, हाँ जी बताइए और टाइम है उसका तीन बजकर पचपन मिनट काम का जी वाराणसी अच्छा जी टाइम डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ है नौ चार उन्नीस सौ कंफर्म कर लीजिए कंफर्म कर लीजिए हाँ कंफर्म है जी इस बच्चे ना ना ना जी जी बताइए भाई साहब नौकरी ये प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा करेगा क्या है मैं रहा आपको ये जो है भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगा हुआ है लेकिन नहीं है तो लेकिन मतलब तो तो नहीं पे। जी तो हमने आपसे कहा तो प्राइवेट प्राइवेट जो है जॉब जॉब करेगा। करेगा कि टाटा में तैयारी करे प्रयास करेंगे अवश्य होगा अच्छा अच्छा अगर ना आपने अपना भी जी जी आप उपाय कर रहे हैं जो हमने बताए है हाँ सर, कर रहा हूं। कुछ पहले से पहले से कुछ राहत है कि नहीं है अभी तो मतलब चल रहा है, चल रहा है। एक महीना हुआ अच्छा जी इस बच्चे को इस बच्चे को पहली बात तो ये कहिए कि पूर्णिमा का व्रत उठा ले इससे बोल दीजिए कि नमक का का सेवन ही ना चंद्र चंद्र राहु राहु ग्रह तो स्थान में इसकी माता को भी कष्ट होगा बच्चे की माता के माता के, माता के कमर के हाँ जी तो इससे कहिए पूर्णिमा का व्रत रहे बालक से अपने और उगते सुर को ये पांच मिनट खड़ा होकर के देखे बस इतना सा प्रयोग करे और कोई कार्य नहीं करना है अच्छा, अच्छा, जी, तो सफलता जी मिल वैसे भाई साहब इसको सफलता 2021 तक मिलती हुई दिख रही है अगर ये लग के तैयारी कर तो ये बाहर जाएगा फिर ये फॉरेन जाएगा यहाँ इसका योग भी तो नहीं है नहीं है हम्म फॉरेन जाएगा फॉरेन में जो है सेटिस्फाइड होगा अच्छा जी ठीक है सर ठीक है चलिए मिथुन राशि की ओर बढ़ते हैं दर्शकों मिथुन राशि के जातकों आज के दिन आपकी सोची अधिकांश योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी खास करके जो महिला वर्ग हैं ये यदि अपने मन में कोई आज इन्होंने इच्छा ठान लिया है तो इसको पूरा करती हुई नजर आएंगी बेरोजगार लोगों को आज रोजगार मिलने की भी संभावना है आज धन लाभ होगा लेकिन रुक रुक कर आएगा आ, मतलब पार्ट में आएगा जो है सुबह के समय कुछ आएगा दोपहर तो में कुछ आएगा शाम को कुछ आएगा और आज देखिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है इस कारण आपके बजट असंतुलित होता हुआ दिख रहा है अकस्मात धन लाभ होता हुआ दिख रहा शेयर मार्केट में निवेश आपको लाभ होगा नौकरी पेशा जातकों को कोई नए प्रस्ताव मिलेंगे दाम्पत्य जीवन आपका मधुर रहेगा नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे मिथुन राशि के जातकों आज आपको करना क्या रहेगा तो आज श्री सूक्त का पाठ करिए जो धन के अवरोध है ना ये नहीं होंगे एकाएक धन आने लगेगा तो श्री सूक्त का पाठ करिए और शुभ कलर के आपके बात करें तो आज आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक रहेगा रोहित जी जुड़ गए हैं गिरीश जी जुड़ गए हैं मोनिका श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं परमानंद जी जुड़ गए हैं शेखर विश्वकर्मा जी हैं गिरीश जी हैं और इंदु चौहान जी हैं और बिमलेश पांडे जी हैं प्रवीण जी हैं राम राम प्रवीण जी और देखिए तमाम लोग हमारे दर्शक लोग जुड़ गए हैं आप सभी लोगों का स्वागत है और प्लीज आप लोग कमेंट करिए लाइक करिए इस वीडियो को शेयर करिए मिथुन के बाद हमारी अगली राशि आती है कैंसर वाला वाला कैंसर रही वाला कैंसर। तो के आज आज आज का अधिकांश अधिकांश दिन आपका की बातों में में जाएगा समय आप आप आप अपने आप में ही मगन रहेंगे आज आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपने मन की आज आपके अंदर आलस्य भी हावी होगा और आर्थिक रूप से कुछ आज खास दिन रहने वाला नहीं है धन का जो है हानि होती हुई दिख रही है पारिवारिक सदस्य आज आपसे तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे लेकिन बहुत अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाएगा धार्मिक क्षेत्र की यात्राओं के प्रसंग बनते हुए दिख रहे हैं और अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आएंगे लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा प्रस्ताव में और पारिवारिक सदस्य आज आपकी मनोदशा को समझेंगे कोशिश कीजिएगा कि जो भी वैवाहिक संबंध आए तो उन्ही को आगे कर दीजिएगा बात करने के लिए उपाय के तौर पर कर्क राशि के जातकों को आज करना क्या रहेगा तो कर्क राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज तुलसी जी के पौधे में आपको जो है थोड़ा सा दूध चढ़ाना रहेगा कच्चा दूध ये कार्य करिएगा और दिन आपका अच्छा जाएगा शुभ कलर की आपके बात करें तो रेड कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा चलिए हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि और माफी चाहते हैं कल हम वृश्चिक राशि का बताना भूल गए थे तो नीचे हमने कमेंट में टैग कर दिया था कभी-कभी हो जाता है कि फोन राशिफल क्षमा करिएगा प्लीज आप लोग क्षमा करिएगा सिंह राशि के जातको आज का दिन आपके लिए कुछ हानिकारक रहेगा वाहन वगैरह से और अग्नि से आज भय होता हुआ दिख रहा है दिन के प्रथम भाग में कोई अशुभ समाचार मिलने से मन बड़ा बेचैन रहेगा परिवार में अथवा रिश्तेदारी में कोई दुखद घटना आज घटती हुई दिख रही है जोखिम वाले कार्यों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा नौकरी पेशा जातकों पर आकस्मिक कोई संकट आ सकता है अधिकारियों से बचकर रहिएगा उच्च अधिकारियों से का। कार्य व्यवसाय में उदासीनता दिखाने से होने वाले लाभ में कमी आएगी आपके स्वभाव में रूखापन रहने से स्ने ही जनों को तकलीफ होगी परिवार अथवा अन्य से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो आज आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक रहेगा सिंह राशि के जातकों को उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो धरा स्त्रोत का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज आप लोग सुहागिन महिलाओं को कौन वाली जो मेहंदी होती है इसका दान आपको करना है चलिए दर्शकों जो हमारे सिंह राशि के जातक है इनको इनके लिए शुभ कलर क्या रहेगा तो आपके लिए आज का जो शुभ कलर रहेगा ये बिल्कुल व्हाइट कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक नौ हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि तो कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कन्या राशि के जातकों आज का दिन आपको विजय दिलाने वाला रहेगा परंतु संबंधों को लेकर आज आपकी लापरवाही स्नेही जनों से आपको दूर करती हुई दिखा रही है और दिन के आरंभ में व्यवसाय संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे धन लाभ थोड़े अंतराल पर होता रहेगा नौकरी पेशा जातक भी आज अधिकारी वर्ग के निकट रहने से अपना काम आसानी से पूर्ण करते हुए नगर आएंगे घर अथवा व्यवसायिक स्थल को कुछ नया रूप देने के लिए तोड़फोड़ करने की योजना बनाएंगे नए कार्यानुबंध हाथ में लेना शुभ रहेगा कहीं से रुका हुआ धन मिलेगी मन आपका प्रसन्न रहेगा घर में मामूली बात विवाद जीवन साथी के साथ हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कन्या राशि के जातकों को तो कन्या राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज सुगंधित वस्तुओं का दान आप लोग धर्म स्थान में करिए और यदि हो सके तो धूप बत्ती हो गया अगरबत्ती हो गया परफ्यूम हो गया इन सब चीजों का दान करिए और सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइएगा कार्यस्थल पर निकलने से पहले यदि बिल्कुल पत्र मिल जाता है तो उसको अपने पॉकेट में रख के तब निकलिएगा और शुभ कलर की आपके बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा तुला राशि की और आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हेलो हाँ जी जैसे राम, राम राम जी बात कर रहा हूँ हाँ जी देखो तो ग्यारह ग्यारह चौरानवे जी टाइम बताइए में किसी लड़की के साथ आपका कोई अफेयर चल रहा है मंगल आपका नीच का है पंचम भाव में सच सच बताइएगा साल ऐसी हाँ। कुछ आप डिस्टर्ब है आप तो नहीं एक एक अच्छा जी चलिए ठीक है है है हम एक आपको प्रयोग बता रहे हैं आप एक पुखराज पहन लीजिए डिग्री का जो है, गुरु है, लग्नेश भी है आपका कर्मेश भी जुपिटर है और भाग्य के घर में बैठा हुआ है लेकिन जीरो डिग्री का बिल्कुल मृत अवस्था में है और अस्त भी हो गया है तो आप एक पुखराज धारण कर लीजिए आपकी सभी जो परेशानियां हैं छुमंतर हो जाएगी और कोशिश कीजिए कोशिश कीजिएगा आपने कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा एक या दो मिनट में हम आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे दिखे दिखे, बहुत बहुत ओके जी तुला तुला राशि राशि की की ओर चलते हैं तो आज आज का दिन तुला के जात को लाभ दिलाने वाला रहेगा से ही मन में की। आज जो है कामना लगी रहेगी और कहीं ना कहीं ये धन लाभ होता हुआ आज आपको दिखेगा कोई ना कोई तिकड़म लगा करके पैसा आपके मार्ग में आएगा आज पुराने धन की वापसी भी होगी जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा आज आपको कहीं से मान सम्मान भी मिलेगा आज कोई प्रसिद्ध हो जाए पर आपके साथ ध्यान नहीं देने से किसी की नाराजगी आपकी देखनी पड़ेगी जीवन साथी के साथ बात विवाद संभव है संतान को लेकर चली आ रही चिंता आज कम होती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तुला राशि के जातकों को तो तुला राशि के जातकों आज आप लोग श्री सूक्त का पाठ करिए और यदि हो सके तो कमलगट्टे और शहद से आप लोग हवन करिए एक बात और बताना चाह रहे हैं कि अप्रैल माह का राशिफल पड़ा और प्रयास करेंगे नवरात्र में क्या शुभ उपाय करें कि धन मार्ग खुल जाए और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले तो ये हम नवरात्र के आपको प्रयोग बताएंगे शीघ्र हमारे वीडियो का इंतजार करिएगा तो शुभ कलर की आपके बात कर लेते हैं तुला राशि के जात को आज हरा रंग आपके लिए शुभ रंग रहेगा शुभ अंक की बात करें तो नौ अंक आपका शुभ अंक रहेगा वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं वृश्चिक राशि जिनकी होती समझ जाइए चंद्रमा नीच का है और अनुराधा नक्षत्र है तो काफी कुछ चीजें क्लियर जो है रहती हैं वृश्चिक राशि के बारे में और बहुत ज्यादा भावुक रहते हैं तो एक फोन कॉल उठा लेते हैं हलोलो हाँ जी नमस्ते जी। तो मेरा के बारे में था बताइए बताइए डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ टाइम प्लेस का नाम है है अच्छा थोड़ा लाउड बोलिएगा हाँ जी हाँ जी है, गीडो फाएग, गीडो फाएग, जी 2002 अरे किसी महीने में हुई होगी बच्ची जी, महीने में आ? ने, ने। किस दिन हुई है मई हाँ, हाँ, तो ये बोलिए सन क्या है 2002 जी टाइम बताइए चार बजकर उनसठ मिनट सुबह शाम शाम सा, को चार बजकर उनसठ मिनट उनसठ मिनट जी जन्मस्थान हाँ जी इसकी तुला लग्न की कुंडली और कुंभ राशि आ रही है बच्ची की हाँ जी सूर्य उच्च के हैं बताइए इसको आप तैयारी करवाइए बच्ची की और ये आगे चल करके प्रशासनिक सेवा में जा सकती है प्रशासनिक सेवा में या बहुत बड़ी कोई ये सर्जन बन सकती है भी बता दें। अच्छा तो इनका वो आईसीएस से दिया हुआ है है रिजल्ट कैसा रहेगा सर अभी तो राहु की दशा चल रही है, वैसे भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा लेकिन भविष्य में हम बात बता रहे हैं कि आगे चल के आपका नाम करेगी रिजल्ट इसका ठीक आएगा रिजल्ट कब तक आयेगा इसका रिजल्ट मई महीने का मई में राहु में चंद्रमा चंद्रमा में राहु जो इन्होंने सोचा होगा उस, उतन, उतना अच्छा अंक नहीं आएगा ये अभी हम आपको बताए दे रहे हैं वो ठीक है कॉमर्स तो, में में है। है, लाइन उतनी अच्छी तो नहीं है इनके लिए इनके कॉन्सेप्ट भी आगे नहीं क्लियर होंगे ये जाएंगे सिविल सर्विस में ही चाहे ये कॉमर्स ले लें चाहे जो सब्जेक्ट ले बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। जी तो इनका कोई कुछ? देखिए तो सूर्य सूर्य के समक्ष इनको खड़ा करिए दस मिनट के लिए और पूर्णिमा वाले दिन कोशिश करें कि इनके ब्लड में जो सॉल्ट होता है नमक होता है बिल्कुल घुल ना पाए ठीक है तीसरा ये बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को एक दर्जन कम से कम केला खिलाए और राहु केतु के मंत्रों का ये जाप करें खुद करें दो मिनट राहु का लगेगा दो मिनट केतु का लगेगा आप WhatsApp पे मंत्र मांग लेना इस मंत्र से ही इनको बहुत सफलता मिलेगी हालांकि राहु की दशा इस बच्ची का दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि ये करे तो करे क्या ठीक है जी ठीक ओके जी तो वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं तो आज के दिन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं अपने बुद्धि के बल से धन एवं सम्मान का लाभ पाते हुए नजर आ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र पर आज आपकी छवि निखरेगी कार्य क्षेत्र पर भी आज आपकी राय जरूर ली जाएगी चाहे वो उच्चाधिकारी हो चाहे आपके ऑफिस में कोई कार्य करते हो या आपके घर में ही क्यों ना हो और आज आप कोई ऐसा काम करेंगे कि आप फेमस हो जाएंगे परिजनों से आज कुछ बैर हो रहेगा विरोध रहेगा आज जो घर की महिलाएं हैं ये शांति बनाने के लिए पहल करेंगे संध्या बाद धन लाभ के अवसर मिलेंगे अपने अहंकार को ईगो को थोड़ा सा कम करिएगा अन्यथा रुका हुआ आया हुआ पैसा वापस जाता हुआ दिख रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा चालीसा का आप लोग करिएगा शुभ अंक की बात करें तो अंक सात आपका शुभ अंक रहेगा धनुराशि की ओर बढ़ते हैं तो आज आपके लिए उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा आसपास का वातावरण आपको ना चाहते हुए भी क्रोध करने पर मजबूर करता हुआ नजर आएगा कार्य पर एवं परिवार में आज महिला वर्ग से ना चाहते हुए टकराट होगी और झगड़ा होगा भाई बंधु अथवा पड़ोसियों के साथ मामूली बात का आज बतंग बन सकता है मानसिक रूप से अशांत रहेंगे कार्य व्यवसाय पर भी व्यवस्था की कमी रहने के कारण आज व्यवधान आएंगे आज आप जिस लाभ एवं सम्मान के अधिकारी हैं वह परिचित व्यक्ति से मतभेद के कारण आज नहीं मिलेगा ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए महिलाओं में जो अहम की भूमिका रहेगी इसके कारण आज इनको नुकसान होता हुआ दिखेगा दांपत्य जीवन में नीरसता आएगी उपाय क्या करना रहेगा तो आज आप लोग विष्णु सहस नाम का पाठ करिए और कोशिश कीजिए कि आज आप लोग लक्ष्मी नारायण मंदिर में कोई सुगंधित वस्तुओं का दान करिए शुभ कलर की आपके बात करें तो आज आपके लिए लाइट ब्लू कलर शुभ रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा और तमाम दर्शक कमेंट कर रहे हैं। सनी जी है सनी जी आप कमेंट कर दीजिएगा फोन कर दीजिएगा डिम्पल राजपूत जी राम राम ममता शर्मा जी वरुण श्रीवास्तव जी नमस्कार जी वरुण जी इनका देखिए भागीरथ श्रृंखला में आप लोगों ने देखा होगा मैनेजर साहब का और आशा पांडे जी नमस्ते जी माता तुल्य है आप ओम प्रकाश जी राम राम जी अनिल जी हैं और हनुमान सिंह राठौर जी हैं और एक लोगों ने कहा कि आप आ, सर कुछ डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट हूँ बिल्कुल मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा आप लोग और झारखंड का दौरा कीजिए ओम प्रकाश जी लिखते हैं ओम प्रकाश जी आप प्रयास करिए कि 20 लोगों को एकत्र कर लीजिए और यहाँ पर हमारे ऑफिस में बता दीजिए हम झारखंड आ जाएंगे झारखंड कौन बहुत दूर है तो मकर राशि की ओर चलते हैं आज का दिन आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी पारिवारिक संबंध आपकी उन्नति में सहायक बनेंगे लेकिन भाई बंधुओं से किसी पुरानी बात को लेकर खिस्तान होने की संभावना है महिलाएं आज किसी अन्य महिला से मन ही मन ईर्ष्या घरेलू अथवा अन्य कार्य भी रूखे करेंगे हावी रहेगा बुजुर्गो का सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलेगा मीन राशि के जातकों को आज कोशिश कीजिएगा शेयर मार्केट में निवेश वगैरह मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मोनिका पॉल जी नमस्ते जी मुंबई से है आप मिलने भी आई थी और देखिए मोनिका जी के जो हस्बैंड हैं पतिदेव हैं बहुत अच्छे ये कोच हैं और हमारे रणजी टीम में भी इंडिया की मुंबई की तरफ से वो खेल चुके हैं और बहुत उनका नाम है तो बहुत बड़ी हस्ती है मोनिका जी भी खुद बहुत अच्छे पोस्ट में हैं और मुंबई में इस समय हैं और पोस्ट से अच्छा सबसे अच्छी मतलब बात ये है कि बहुत अच्छा इनका नेचर है बहुत काइंड नेचर है मोनिका पॉल का तो मुनका जी हमारा प्रणाम आप स्वीकार करिए लगभग एक महीना होने जा रहा है आपसे मुलाकात हुई थी याद है तो मकर राशि के जातकों आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज ओम नमः शिवाय की एक माला का आप लोग जाप करिए और कोशिश कीजिएगा कि जल में आज थोड़ा सा कपूर का ऑयल डाल लीजिए और फिर स्नान करिए कुंभ राशि की ओर चलते हैं कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का हाँ शुभ कलर की बात बता दे मकर राशि जात को के लिए आज ब्राउन कलर आपका शुभ कलर रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक नौ आपका शुभ अंक रहेगा कुंभ राशि आज का दिन आपके लिए संतोषजनक रहेगा आज आप धन को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ के पक्ष में नहीं रहेंगे आज आज लेकिन आज, आज आप उसको शो नहीं कर पाएंगे आपसी प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आती हुई दिख रही है शाम के बाद कोई शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिख रहा है जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी धन के लेन देन में स्पष्टता रखिएगा यदि किसी किसी किसी से से से से आप आप पैसा उधार ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं हैं या को दे तो अकाउंट ट्रांसफर करिए करिए चेक से ये सब आज आपको सतर्कता कि, किसी आपको कि कागज पर साइन करने से पहले पेपर अच्छे पढ़ना रहेगा नए पर्यटन की पर्यटन की योजनाएं बनती हुई दिख रही है उपाय क्या करना रहेगा तो लल्टा नाम का आज आप लोग और इत्र जब ऑफिस जाइएगा तो खुशबूदार परफ्यूम लगाकर तब जाइएगा शुभ कलर की आपके बात करें तो क्रीम कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक साथ आपका अंक अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि उससे पहले बताना चाहेंगे इकोनॉमिक जो जो नगरी कह लीजिए तो इंदौर और महाकाल भोले बाबा की नगरी उज्जैन आगमन है हमारा यहाँ पर तो आप लोग मिल सकते हैं अंतिम राशि पर आगेमन है उससे पहले देखिए कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि एक ही दिन राशिफल चलता है तो आप लोगों का भी जो है कुछ मान रख ले और देखिए अनिल जी है प्लीज बता दीजिए अनिल जी का कुछ प्रश्न था और अनिल जी आप बात कर लीजिएगा और एनालाइज करवाने प्लीज बता दीजिए अनिल जी आप कार्यालय के नंबर पर बात कर लीजिएगा हर चीज जो है ओपनली नहीं बताई जाती है और शंकी ठाकुर जी है श्रीमन आपने मुझे पुखराज पहनने के लिए कहा है मैं जानना चाहता हूँ कि कौन धातु में पहनना है पुखराज आप गोल्ड में पहन सकते हैं यदि आपका बजट नहीं है बहुत ज्यादा तो आप पंच धातु में भी इसको पहन सकते हैं यदि हाँ एक ही जोर देखिए नकली जेमस्टोन मत पहनिएगा प्लीज आप लोगों से निवेदन है क्योंकि तमाम लोग जो जेमस्टोन्स को बारे में बुरा भला कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से वो लोग नकली ले ले लेते हैं और मैं बात किया था बट वो ठीक है आप फिर से बात करिएगा हमारा रेफरेंस बता दीजिएगा और पंकज वर्मा जी मधु चलिए ठीक है सीतापुर है प्लीज मेरा व्यापार नहीं चल रहा है पंकज वर्मा जी आप मिलने आ जाइए भाई साहब आप सीतापुर में हैं पास में ही है कोई बहुत दूर नहीं है और आप हाँ, बोल दीजिएगा कि लाइव में बात हुई थी अंतिम राशि राशि पर चलते हैं मीन आज आज के दिन आपकी आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनी रहेगी रहेगी लेकिन आज आपकी जो रहे शौक की प्रवृत्ति के पीछे अधिक खर्च होगा कभी कभी जो आपके शौक होते हैं ना ये ले डूबते हैं तो आज आप शौक में बहुत पैसा खर्च करेंगे घर में सुख सुविधा के सामान की बढ़ोतरी होगी कोई नया फ्रिज वगैरा एसी वगैरा या कूलर वगैरह आज परचेज करते हुए नजर आएंगे कुल मिलाकर के ये जो सामग्री ये भोग की। इस पर आज आज आपका अधिक होगा आज आपको धन लाभ होता हुआ दिख रहा है यात्राओं का योग बन रहा है कम मेहनत में अधिक लाभ आज आपको होगा जोड़ तोड़ कर धन कोष में वृद्धि होगी लेकिन दैनिक से अतिरिक्त खर्च करने से आज बचत नहीं हो पाएगी आज किसी की सहायता आज, आज आप मजबूरी में करेंगे बाहर घूमने का आयोजन होगा मनोरंजन पर खर्च बढ़ेगा और उच्चाधिकारियों से आज आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग श्री मंत्र का मानसिक जाप करिएगा और यदि हो सके तो तुलसी जी के आज जो है समीप आप एक देसी घी का दीपक जला करके रखिएगा इलायची का सेवन करके तब आप लोग घर से निकलिएगा और शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए येलो कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक रहेगा अंक सात तो ये तो था मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और रोहिणी जी है, तमाम हैं तमाम दर्शक जुड़ गए हैं देखिए सभी के कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको अन्यथा मत लीजिएगा और जवाब मिल नहीं रहा है और क्या इनका जो है क्वेश्चन है ये हमें नहीं पता है रोहिणी जी का बिमलेश पांडे जी प्लीज पांडे जी मेरा भी फ़ोन उठा लीजिए बिमलेश जी आप फोन करिए तो उठाएंगे हलो हलो हेलो हाँ हाँ, हाँ अगर, सर? जी बोल रहे मीनू जी सर मुझे हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए 11 अगस्त जी उन्नीस सौ सत्तर इकहत्तर जी रात के आठ बजे रात के बीस बजे आज हाँ 20 हाँ, बजे हम लोग चौबीस घंटे का इनकी मेष राशि है एरीस है हाँ जी इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है और मेष राशि है ये किसी सरकारी, सरकारी पद पर पे होंगे हाँ, सर, पर और अच्छा तो ट्रांसफर का तो अभी नहीं दिखा रहा है जी अभी नहीं दिखा रहा बहुत मुश्किल है और कार्य क्षेत्र में भी इनके कुछ विवाद चल रहा होगा चल है जी चलिए ठीक है ओह ओके तो तमाम दर्शक जो हैं हमारे है हमारे देखिए जुड़ गए हैं और सबके कोशिश करते हैं फोन उठाए और दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कल अब बाकी फोन उठाएंगे प्लीज आप लोग हमारी भी परिस्थिति को समझिए एक दिन में इससे ज्यादा फोन नहीं ले सकते हैं और बहुत लंबा राशिफल हम नहीं बनाना चाहते हैं तो दर्शकों जाते वक्त आपके भीतर उपस्थित ईश्वर को पुनः प्रणाम करते हुए सब झुकाते हुए आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये चैनल ऐसे ही फले फूले आगे बढ़े और आप लोग भी इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कराइए मेहनत करिए क्योंकि तो ये चैनल जितना हमारा है उतना आपका भी है आपके लिए जो है कुछ हम चीज़ें जो है लेकर के और आ रहे हैं नई चीज़ें हैं दीजिए इजाज़त और शेंकी ठाकुर जी ठीक है आपको हमको लगता है जवाब मिल गया होगा और आप पुखराट ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है सरयू जी गुड नाइट जी नमस्ते जी सभी लोगों को जय हिंद